माना कि हम अदब से बात नहीं करते पर ये मानो मतलब से बात नहीं करते ये नरम लहजा प्यारी बातें तेरे लिए ये नरम लहजा प्यारी बातें तेरे लिए